हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज हम देखेंगे मोबाइल में जब हम कोई वीडियो रन करते हैं वीडियो चलाते हैं तो बहुत सी बार वीडियो की वॉइस साफ नहीं आती या फिर वीडियो की वॉइस बहुत धीरे आती है तो हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले आप मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे सेटिंग पे जाने के बाद आप अबाउट फ़ोन पर जाएँगे जैसे फ्रेंड ये मेरा एम का फोन है या आपका जो भी फ़ोन होगा उसमें इसी तरह से इंटरफेस होगा अबाउट फ़ोन पे जाएंगे फिर आप यहाँ पे एम आई वर्ज़न जैसे लिखा है इस पर हम आपको सेवन बार टैप करना होगा सेवन बार आपको फिंगर से टैप करना होगा ऐसे करके मेरे में फ्रेंड ऑलरेडी ये टैप हुआ हुआ, हुआ है तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है देखेंगे आप नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर जब आप सेवन बार टैप करेंगे तो एक डेवलपर नाम का टैब आपका आपके सेटिंग में आ जाएगा आपको क्या करना है सिंपली जैसे एम आई यू आई वर्ज़न है इस पे आपको फिंगर से सेवन बार टैप टैप करना है सेवन टाइम तो आपका डेवलपर वाला ऑप्शन अनेबल हो जाएगा वो आपको कहाँ दिखेगा आप बैक जाएंगे और ये सेटिंग में आप थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद आप ये एडिशनल सेटिंग पर जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे की तरफ़ आपको डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा आप इस डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद फ़्रेंड्स आप नीचे की तरफ जाएंगे इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आप नीचे की तरफ आएंगे काफ़ी नीचे की तरफ आएंगे और इसमें फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन है फ़्रेंड ये आपका न्... एक मिनट फ्रेंड्स यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ये बिल्कुल नीचे की साइड में आना है आपको काफ़ी नीचे आना है यहां पे फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिखेगा आपको डिसेबल एब्सोलूट वॉल्यूम ये डिफॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन के नीचे है Disable Absolute Volume ये फ्रेंड्स आपके में ऐसे इस तरह से हुआ हुआ होगा डिसेबल मोड में हुआ हुआ होगा जब आपको इस तरह से इसको अनेबल करेंगे जब आप डेवलपर ऑप्शन को वहाँ से एम आई वर्जन से अनेबल करेंगे और इसको आप देखेंगे किसे डेबल एप्सोलुट वालीम को ये डिसेबल मोड में होगा आपको इसको एक बार क्लिक करके जो है अनेबल करना होगा फ्रेंड्स इससे आपके मोबाइल में जो भी वीडियो चलाएंगे या जो भी अगर आप फ़ोन कॉल भी करते हैं या जो भी उसकी वॉइस बहुत इंक्रीज हो जाएगी आप खुद इस चीज़ को देखेंगे ठीक है फ्रेंड्स एक ऑप्शन ये है आपको इसको जो है यहाँ से जो है अनेबल करना है ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं आप फ्रेंड्स यहाँ पे ही ये सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है साउंड एंड वाइब्रेशन का ये डिस्प्ले से नीचे आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद फ़्रेंड्स सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है ईयरफोन्स का आप ईयरफोन्स पे जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन है ये एम साउंड इनहेंसर तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को यहाँ पहले अनेबल करने के लिए आपको अपनी हेडफोन फ़ोन से कनेक्ट करनी होगी अभी हेडफोन फ़ोन से कनेक्ट नहीं है इसलिए ये डिसेबल दिखा रहा है अभी मैं यहाँ पर ये यह हेडफोन फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ अभी फ्रेंड्स ये ऑडियो सेटिंग में, में ये सब है एम आई साउंड इन को आपको अनेबल ऐसे करने के बाद इक्लाइजर के ऊपर ये इक्ुलाइजर पर जाना है फ्रेंड्स इक्लाइजर पर जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये सब के सब तो जो ये लाइंस हैं इनको सब ये अभी सब जो है हाफ सिलेक्टेड है इस तरह से आपको इनको सबको अपर साइड कर देना फुल ऐसे और इस तरह से सबको ऐसे कर देना है और फिर आपको सिंपली यहां से आ, आपको सिंपली यहां से पैर चले जाना है तो फ्रेंड इस तरह से आप देखेंगे कि आपके फोन की साउंड पहले से बहुत इंक्रीज़ हो गई है वीडियो आप कोई भी वीडियो रन करेंगे उसकी भी आपको साउंड बहुत इंक्रीज हुई मिलेगी आप कॉल करेंगे उसमें भी आपको साउंड प्रॉपर मिलेगी तो फ्रेंड इस तरह से आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू